ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है माली दौड़कर चपरासी के पास गया चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास गया क्लर्क दौड़कर सुपरिटेंडेंट के पास गया तो सभी लॉन में आ गए मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था एक क्लर्क बोला और इसकी जामुने कितनी रसीली होती थी दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला मैं इसके पल झोली भर कर ले जाता था मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे तीसरा क्लर्क रुआसा होकर बोला मगर ये आदमी माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा किया हाँ ये आदमी सुप्रिंटेंडेंट सोच में पड़ गया पता नहीं जिंदा है कि मर गया मर गया होगा जिसकी पीठ आरोप इतना भारी पेड़ गिरे वह कैसे बच सकता है नहीं मैं जिंदा हूँ